बड़ा चेना बड़ा आम छोटी सी इमली बड़ी तीखी छोटा ऊसे उल्लू बड़ा ऊसे ऊन ऋषि ऋषि से, से, से कबूतर से गमला, घास से घड़ी, अड़ा खाली, चाय से चम्मच, छाय से छाता, जहाज से जहाज, झांसे झंडा धनुष, पतंग, फल, सी बकरी महीी मछली